हम सभी लॉकडाउन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले लॉकडाउन कहां लगा था आइए जानते हैं इससे पहले कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए लॉकडाउन में आप सिर्फ इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकल सकते हैं दुनिया में सबसे पहला लॉकडाउन अमेरिका ने नौ ग्यारह आतंकी हमले के बाद तीन दिन के लिए किया गया था इसके बाद दो हजार तेरह में बोस्टर की खोज और दो में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए ब्रसल्स लॉकडाउन किया गया था कृपया ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब